डिनोरी से एक मामला सामने आया है जहां अवैध छु मिट्टी की खदान धसने से दो महिलाएं घायल हो गयी वहीं फिलहाल महिला को उपचार के लिए प्राथमिक उप केंद्र में भर्ती कराया गया है मामला डिनोरी गाड़ासरई गांव का है जहां अवैध छु मिट्टी की खदान धस गई, जिसमें दो महिलाएं घायल हो गयी जिसके बाद महिलाओं को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम ऐसी नजदीक के प्राथमिक उप केंद्र के पहुँचा कर भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज जारी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें